आप सभी का एक और न्यू वीडियो में स्वागत है और मैं आप लोग को बता दूं कि मैं आप लोग के लिए एक बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन लेकर आया हूं। और एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आप लोग को यहां पर ₹5 इंस्टेंट मिलेगा और मैं अभी आप लोग को ₹5 अपने पेटीएम में लाइव विड्रो करके दिखाने वाला हूं यानी मैं बता दूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप लोग को यहां पर ₹5 को कमाने का मौका मिलेगा ही अगर आप लोग ज़्यादा ऐप में टाइम देते हैं तो आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पेटीएम कैश अर्न कर सकते हैं यानी आप लोग जितना ऐप को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग यहाँ पर पैसा अर्न करने े हैं तो मैं आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग को पेटीएम कैस कमाना है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें वह कौन सा एप्लीकेशन है उसमें आपको अकाउंट कैसे बनाना है उसमें आपको रेफर कैसे करना है रेफ़र बायपास कैसे करना है इन सभी के बारे में अभी मैं आपको ए टू डे जानकारी बताने वाला हूँ इस चलिए वीडियो को शुरू करेंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल नोटिफिकेशन प्रेस करे अगर आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया लिंक वीडियो के नीचे मिलेगा टेलीग्राम को ज्वाइन करें क्योंकि मैं यहाँ पर रिचार्ज ऑफर पेमेंट प्रूफ और यहां पे मैं न्यू न्यू परेशन रिव्यू करते रहता हूं इसके लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आप सभी को मेरे वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा आप उस लिंक पर जैसे ही टैप करेंगे आप लोग पहुंच जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर और आप लोग को यहाँ पर रस नाम का एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा तो आप लोग बोलेंगे मैंने इस एप्लीकेशन को पहले भी ओपन किया था तो मैं बता दूं कि यह बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन है जिसका यहाँ पर बिल्कुल दस हज़ार ही डाउनलोड है यह बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन है सिंपल आपको इस अप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जब आप लोग पहली बार ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा यहाँ पर सिंपल आपको साइनअप के ऑप्शन पर टैप करना है यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है आपके नंबर पर ओ आएगा ओ टी आप लोग जैसे ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा यहाँ पे चाहे तो आप लोग अपना यहाँ पर आप लोग मतलब यहाँ पे प्रोफाइल बना सकते हैं या नहीं तो आप लोग यहाँ पर स्किप कर सकते हैं उसके बाद तो यहाँ पे सिंपली आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे वॉलेट पे अभी पांच रुपए अवेलेबल है चलिए मैं अब आप लोग को लाइव एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूं। जैसा कि यहां पर रस फ्री नाम का यह एप्लीकेशन है सिंपली मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूं और यह एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको अपना मैं पेमेंट प्रूफ दिखा देता हूं। सबसे पहले आप यहां पर जाएंगे एकाउंट के ऑप्शन पर एकाउंट पर आने के बाद यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है कि आप लोग देख सकते मेरे यहाँ पर पाँच अवेलेबल है सिर्फ आप लोग को यहाँ पर करना है क्या कि आपको यहाँ पर विड्रोवल पे टैप करना लेकिन आपको उससे पहले मैं अपना पे को ओपन करके दिखा देता हूँ और मैं बता दूँ कि इसमें आप लोग जो भी नंबर से अकाउंट बनाएंगे आप लोग उसी नंबर से पर आप लोग पैसा ले सकते हैं तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें सिंपली मैं यहाँ पर अपना पे को ओपन कर लेता हूँ जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पेटीएम में अभी यहाँ पर दो सौ पच्चीस रुपये अवेलेबल है लास्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे पैंतीस रुपये है चले मैं सिंपली जाता हूँ यहाँ पे मैं रस अपल्केशन पर और यहाँ पे मैं करता हूँ वीडियोल पे टैब और यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा सिंपल आप लोग को यहाँ पर आपका अमाउंट पाँच रुपये करना है यहाँ पर सिंपल आपको नेक्स्ट करना है आप लोग का यहाँ पर चार्ज कटेगा जीरो पॉइंट मैं करता हूँ वीडियोलॉल पे टैब और यहाँ पर वीडियोलॉल पे करने के बाद आपके हमने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है अगर यहाँ पर देखिए दिखा रहा है वीडियोलॉल पेंडिंग लेकिन मेरा यहां पर पेमेंट आ चुका होगा सबसे पहले मैं कर लेता हूं और यहां पर मैं इसे कर लेता हूं एक बार रिफ्रेश जैसे यहां पर मैं करूंगा एक बार रिफ्रेश तो आप लोग ऐसा कि देख सकते हैं कि मेरे पास यहां पर पाँच रुपये का अमाउंट आ चुका है जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर, यहाँ पर, पास यहाँ पर चार पचहत्तर पैसा मेरे पास आ चुका है यहाँ पे रक्स बाय हाई के तरफ से तो आप लोग ने यहाँ पे सबसे पहले मेरा पेमेंट प्रूफ तो देख लिए चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब आप लोग को इस एप्लीकेशन में पैसा कमाना कैसे है सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ इसके लिए मैं आप लोगों को अप्लीकेशन को ओपन करता हूँ अपली ओपन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा आपको यहां पर करना है क्या है कि आप लोग को अपने पॉकेट से एक रुपये भी इन्वेस्ट नहीं करना है और यहां पर आपको गेम खेलना है अब देख सकते हैं मेरे वॉलेट में यहां पर जीरो रुपये यहाँ पे आप लोग को देखिए कैरम बोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को लूडो मिल जाएगा यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा सेल का सिंपली आपको करना क्या है कि आप लोग को यहाँ पर सिर्फ आप लोग को एक भी रुपये इन्वेस्ट नहीं करना है और आप लोग को यहाँ पर गेम खेलना है जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग अगर इस गेम को खेलेंगे तो जो जीतेगा उसे यहाँ पे मिलेगा एक रुपये तो आप लोग को करना है कुछ नहीं है कि आप लोग को इसी तरह करके यहाँ पे आपको एक एक रुपये गेम खेलना है और आप लोग को इस गेम को खेलने के बाद आप लोग को करना क्या है आप लोग को उस पैसे को विड्रॉ कर लेंगे यानी मैं बता दूँ कि आप लोग यहाँ पर जितना बार गेम को खेलेंगे उतना रुपए आप लोग पैसा जीतेंगे और इस अपलिकेशन का मिनिमम यहां पर विड्रो लिमिट है ₹5 जो कि मैंने आपको ₹5 रुपए करके दिखाया तो मैं आप लोगों को बस यही कहूंगा कि आप लोग को अगर पैसे कमाना है तो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल फ्री में यहाँ पे कैरम को खेलना होगा और यहाँ पे आपको कैरम खेलने के बाद आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है कि आप लोग को यहाँ पे जीतेंगे तो आप लोग उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कुछ इस प्रकार से गेम को खेलना है तो मैं सिंपली कर देता हूँ इस गेम को लीव कर क्योंकि मैं अगर आप लोग के साथ गेम खेलूँगा तो भाई बहुत लंबा टाइम हो जाएगा सिम्पली मैं कर देता हूँ यहाँ पर गेम को लीव मैच कर देता हूँ तो मैं आप लोगों को बस यही कहूंगा कि आप लोग इस अपलीकेशन को डाउनलोड कीजिए डाउनलोड करके आप लोग पैसे कमाइए गेम खेलकर इसमें आप लोगों को बहुत आसान है इसके लिए आप लोगों को एक भी रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल में इसी तरह पे के पेटीएम कैश कमाने के वीडियो हर रोज़ अपलोड करता हूं। अगर आप लोग को पेटीएम कैश कमाना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखें चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं लेकिन अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन किया चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं जय हिंद वंदे मातरा